सपने अपलोड तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन इनको डाउनलोड करने में पूरी जिंदगी लग जाती है जी हाँ नमस्कार दर्शकों मैं ज्योतिर्बिद आशीष पांडे आप सभी दर्शकों का दिनांक 29 दिसंबर के दैनिक राशिफल में आ, स्वागत करता हूँ दर्शकों दिल्ली आगमन का आज अंतिम दिवस है तो यदि आप लोग किसी कारावास अभी तक नहीं मिल पाए और आपके मार्ग में बाधाएं ज्यादा आ रही हैं यदि आपके भी सपनों में बहुत लंबी उड़ान है लेकिन पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि क्या बाधाएं आ रही हैं तो आप लोग हमसे आज अंतिम दिवस है मिलकर के पर्सनली अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे नववर्ष आ रहा है तो वार्षिक राशिफल सभी राशियों का मेष से लेकर के मीन राशि जितनी भी हैं हमारे चैनल की प्ले में आप लोग जा के देख सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों कैरियर राशिफल हमारे चैनल पर सबका बड़ा है इंडिविजुअल सभी राशियों का डालें प्रेम राशि फल पड़ा है तो इसको आप लोग जाकर के देख सकते हैं चलिए आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख संबत्त नामक संवस्त्र चल रहा है पौष मास है रविवार आज दिन रहेगा भगवान भास्कर का दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः आज बजकर अट्ठावन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर अट्ठारह मिनट पर शुक्ल पक्ष की आज तिथि रहेगी तृतीय तिथि तिर्थि के बारे में हमने आप लोगों को दर्शकों बताया था कि तृतीय तिथि तिर्थि के दिन देखिए परवर का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में लिखा हुआ है इससे शत्रुओं की वृद्धि होती है तथा चतुर्थी को सफेद तिल का सेवन या मूली का सेवन नहीं करना चाहिए इससे धन का नाश होता है तो इसको आप लोग एवॉइड किया करिए नक्षत्र की बात करें श्रवण नक्षत्र रहेगा इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा करड़ गर और वरिष्ठ करण रहेगा योग रहेगा हर्षण इसके उपरांत व्रज योग रहेगा शुभ समय पर आ जाते हैं तो आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा ग्यारह बजकर सैंतालीस मिनट से बारह बजकर 28 मिनट तक की राहु काल की बात करते हैं तो शाम चार बजे से लेकर के पांच बजकर अठारह मिनट का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा चंद्रदेव मकर राशि में चलायमान रहेंगे सूर्य देव धनु राशि में चलायमान रहेंगे दिशा की बात कर लेते हैं तो रविवार को पश्चिम दिशा की ओर दिशा होता है यदि आपको आप कर यात्रा करनी पड़ जाए तो पहले पूर्व की ओर चार पक चलिएगा फिर पश्चिम की ओर आपको चलना रहेगा दर्शकों मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन उन्तीस दिसंबर का दिन मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है तो राशि की ओर चलते हैं है। की तो तो अर्घ्य देना रहेगा तथा आदित्य हृदय का तीन बार पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ वृषभ राशि आज आपका दिन बहुत ही शानदार रहेगा के कामों में सफलता प्राप्त होगी कॉलेज के दोस्तों के साथ आज आप लोग कहीं घूमने जा सकते हैं जो लोग विदेश से नौकरी के लिए जो है प्रयासरत थे उनको आज कोई ऑफर लेटर मिल सकता है आज उम्र में आपसे बड़े व्यक्तियों को आपको मदद मिलेगी कैरियर में संघर्ष कर रहे लोगों को आज मनचाहा फल प्राप्त होगा आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज गणपतिथर्म सीर्स का पाठ कीजिए तथा तो आज किसी मंदिर में जो है दुर्गा जी के मंदिर में लाल रंग की चुंदरी आपको चढ़ानी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो मिथुन राशि के जात को आज आपका दिन अच्छा रहेगा माता पिता के सहयोग से आज आपको जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे खुद को तरोताजा महसूस करेंगे जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे कारोबार में आज आपको कामयाबी मिलेगी जिससे जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा आज ऑफिस में सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को जो है सूर्य देव के समक्ष बैठकर के गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना रहेगा इससे आपके धन में वृद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः कैंसर कर्क राशि कर्क राशि के जात को आज आपका दिन सामान्य रहेगा किसी बड़ी बिजनेस डील को बहुत सोच समझकर करने की आज जरूरत रहेगी मेहनत से काम में आज, आज, आज आपको सफलता मिल सकती है कोई राज की बात उजागर हो सकती है संभल कर रहिएगा दूसरों के मामले में आज फालतू दखल देने से बचना रहेगा उधार देने से पहले सोच विचार कर लें उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को प्रयास करना है सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन नहीं करना है और हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करना रहेगा जिससे आपके सभी दुख दूर होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगे रहेगा ये रहेगा व्हाइट और बंक आपके लिए रहेगा की जरूरत रहेगी किसी को देने से बचिएगा दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी जरूरतमंदों को आटे या चावल का दान करेंगे तो ठीक रहेगा आपके दाम्पत्य जीवन में जो बाधाएं आ रही है ये दूर होंगे साथ ही साथ आज आपको प्रयास करना रहेगा कि आपको भी नमक का सेवन नहीं करना है आपके ब्लड में एनएसीएल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा पांच कन्या राशि आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं वाहन सावधानी पूर्वक चलाएगा प्रतिष्ठा आज, आज आपकी धूमिल हो सकती है आप किसी सामाजिक संगठन से यदि जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर कोई एलिगेशन कोई आरोप लग सकते हैं आज आप लोग कोशिश करेंगे सबको साथ लेकर के चलने के लिए लेकिन आपके साथ वाले आपकी टांग खींचेंगे घर वालों के साथ आज आप लोगों का कहीं बाहर जाने का अचानक से प्लान कर सकता है खास करके जो छात्र पढ़ाई में जो है मतलब जो है लगे हुए हैं उनका दिमाग आज बहुत ज़्यादा भटकेगा कोई यदि आज आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा आपका पेपर नहीं होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गाय को आज रोटी में गुड़ डाल करके खिलाइए आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो हमारी अगली राशि आती है ये आती है तुला राशि तुला राशि के जात को आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे काम के दृष्टिकोण से व्यस्तता अधिक रहेगी घर में किसी रिश्तेदार के आने की आज आपकी संभावना रहेगी जिससे आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे जो आपके रिश्ते मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपको मनचाही जगह जॉब प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है कोशिश कीजिएगा कि आज भगवान भास्कर को जल में कुमकुम जिसको लाल रोली भी बोलते हैं डाल करके आप लोग अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जात को आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा आज का दिन खुद में बदलाव लाने वाला है आज आप आगे बढ़ने के लिए नई योजना बना सकते हैं वृश्चिक राशि के जात तक जो लोग स्टेशनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं कापी किताबों से जुड़ा हुआ ड्रेस से जुड़ा हुआ काम कर हैं उनको आज बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी आज सूर्य नमस्कार आपको करना रहेगा देखिए सूर्य नमस्कार से क्या होता है आप लोगों को लगेगा नॉर्मल सूर्य नमस्कार कर लेंगे इससे हमारे ग्रह कैसे मजबूत होंगे तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है हम आपको बताते हैं कि अलंकारा प्रियो विष्णु जलधारा प्रिया शिवा मतलब भगवान विष्णु को अलंकार बड़ा पसंद है उनको आप जितना ज़्यादा सजाएंगे जैसे कृष्ण भगवान हो गए राम जी हो गए वो बड़े प्रसन्न होंगे और जलधारा प्रिया प्रिय शिवा भगवान शिव को जलधारा बड़ी पसंद है इसीलिए ना उनको नहलाते हैं श्रावण में पूरा जो है श्रावण का मास जो होता है इसमें भगवान शिव को कांवरिये देखे जल ले जा के नहलाते हैं और इच्छित फलों की प्राप्ति करते हैं और नमस्कारा प्रियो भानु भानु मतलब होते हैं सूर्य और सूर्य को नमस्कार प्रिय है तो सूर्य नमस्कार इसीलिए हमने आपको बताया है और ब्राह्मणा मधुरा प्रिया हमारे जैसे जो ब्राह्मण होते हैं इनसे यदि आप प्यार से बात कर लेंगे ना यही बहुत अच्छा होता है यहाँ मधुरा प्रिया मतलब होता है मीठी वाड़ी रहीमदास जी भी लिखते हैं कि ऐसी वाड़ी बोलिए कि मन का आपा होए और को शीतल करें आपू शीतल होए तो ऐसी वाड़ी बोलिए इससे दूसरों का मन शीतल हो तो सूर्य नमस्कार करिए बेहतर रहेगा बहुत ही जो है मतलब दो या चार मिनट लगता है सूर्य नमस्कार करने में और इससे आप भगवान भास्कर का संडे दिन रहेगा लाभ ले सकते हैं शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा ये रहेगा चार सेजिटेरियस धनुराशि आज आपका दिन उत्तम रहेगा आपकी सोच सकारात्मक रहेगी जो लोग पॉलिटिक्स से आप लोग जुड़े हुए हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी आज कोई उच्च पद आपको मिल सकता है समाज में लोगों के साथ अच्छे तालमेल बनेंगे अच्छे कामों में आज आपको बेहतर परिणाम मिलेगा आज जीवन में आगे बढ़ने के तमाम मौके मिलेंगे धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको विष्णु सहस नाम का पाठ करना रहेगा सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट और शुभ आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक कैप्री कौन मकर राशि तो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा ऑफिस में सहयोगियों के साथ किसी बात पर बात विवाद हो सकता है इसलिए हर मसले पर अपनी राय रखने से बचने की जरूरत रहेगी घर में सामाजिक आयोजन हो सकता है जिसमें आपकी भागीदारी रहेगी सबके साथ आज अच्छा समय बीतेगा अध्यात्म में विशेष रुचि रहेगी कोशिश कीजिएगा किसी ब्राह्मण को वस्त्रों का आज आप लोग दान कीजिएगा और आज सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन मत करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये आज रहेगा पिंक कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन एक्वायर्स कुंभ राशि क्या कुछ कहता है आज राशिफल तो आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा आज, आज आपके जीवन में मधुर प्रेम संबंधों की शुरुआत रहेगी किसी को उधार दिया गया धन आज वापस मिल सकता है जो लोग स्टूडेंट्स हैं और घर से दूर रह करके किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा उनके शिक्षकों का उनका पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा यदि वो सरकारी नौकरी के लिए भी जो है प्रयासरत हैं तो आज कोई रिजल्ट आ सकता है कोई एग्जाम में वो आज आप सफल हो सकते हैं कोई एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो एग्जाम आपका जबरदस्त होगा बिजनेस में जबरदस्त फायदा होगा लगमेट के आज का दिन शानदार रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा बंदरों को आज आप लोग केला खिलाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन फटाफट लाइक like कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में जो लोग नई नौकरी की तलाश में है उनकी तलाश आज जल्दी पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है किसी अच्छी जगह पर जॉब का ऑफर लेटर आ सकता है ट्रांसफर का कुछ योग बन रहा है मनपसंद जगह व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है उपाय के तौर पर अच्छा करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा मंदिर में मौसमी फल का का दान करिएगा करिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप जिससे आपका दिन बेहतर शुभ अंक आपके लिए, और लिए रहेगा, रहेगा, छह तो दर्शकों कैसा लगा हमारा बताइएगा नए है तो हमारे दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार